हेलो गाइस तो कैसे है आप लोग तो भाई सब फिर से आ चुका हूँ हम न्यू अपडेट और लीक्स लेके आपके लिए बहुत मेहनत से और कष्ट करके लेके आया हूँ भाई आपके लिए लीक्स एंड अपडेट्स तो जिस किसी अभी में अभी तक मेरे वीडियो को नहीं देखा है भाई नए नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और पास में नोटिफिकेशन बिल ऑल फिल चल करना प्लीज़ थोड़ा नया हो इसलिए थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बोलने के लिए आप लोगों हेल्प करना और लाइक के बटन को भाई क्लिक कर देना तो कुछ नया अपडेट निकल के आ रहा है तो हम लोग वो अपडेट आपको आपके सामने शेयर करना चाहते हैं और आपको मतलब बताना चाहते हैं पहले ही तो कुछ अपडेट ऐसे निकल के आ रहा है जो आठ अगस्त को हम लोगों को आठ इंक्यूब्यूटर भल्टर भल्चर 8 नहीं मतलब डायमंड भल्चर फिर आपका रॉयल इंक्यूब्यूटर भल्चर और आपका जो गोल्ड भल्चर है वो सब भी मिला के आठ देने वाला है आपको तो आठ पीस देने वाला है कुछ इवेंट इसी टाइप का होने वाला है तो आठ आपको पूरा रॉयल वल्चर आपको मिलने वाला है आठ अगस्त को तो कुछ गेम खेल के ही आपको ये मिल सकता है शायद तो गेम वेम आपको कोई टेंशन नहीं लेने का गेम खेलने का और डायमंड वल्चर लेने का भाई तो और आपका नेक्स्ट डायमंड रॉयल भल्चर डायमंड रोयल वल्चर का कुछ इस तरह का आपका इवेंट आ, मतलब ड्रेस बंडल आने वाला है सॉरी इस तरह का आपका बंडल आने वाला है तो आप लोग देख लीजिए इस तरह का ये बंडल आने वाला है ये तो बड़ा मज़ेदार बंडल लग रहा है मुझे बहुत ओपी बंडल लग रहा है तो जिस किसी ने अभी तक मतलब डायमंड बल से छुपा के रखा है या रुका के मतलब रखा है भाई बहुत जन रखते हैं तो वो लोग को मैंने मानना है जो इस बंडल से अच्छा ये लड़की का बंडल है अभी तो अभी नेक्स्ट लड़का का बंडल होने वाला है तो कुछ इस तरह का बंडल होने वाला है क्या ओ बंडल लग रहा है देखो ना यार क्या मस्त है इसका हाथ का लुक क्या मस्त है ये बंडल किस किस को चाहिए भाई मेरे को कमेंट में बोलो क्योंकि मैं नहीं देने वाला हूँ <laughs> मैं देने वाला नहीं हूँ भाई क्योंकि तुम लोग खुद निकालोगे मैं मतलब मैं बात कर रहा हूँ बस बोल रहा हूँ आप तुम लोगों को तो डायम लोग भलचल किस किस को चाहिए वो तो आठ अगस्त को आप लोगों को मिल ही जाएगा दो तीन करके और दो तीन करके आप लोग रख सकते हो और आप लोग ये बंडल बहुत ओपी बंडल निकाल सकते हो तो भाई जब ये बंडल तो मैं लूँगा ही क्योंकि ये बहुत ओपी बंडल होने वाला है और रेयर भी होने वाला है शायद इसका लुक देखो इसका हेयर कट हेयर स्टाइल देखो क्या ओपी वाला होने वाला है आपका और नेक्स्ट इंकोवेटर भल्चर भी आपका आने वाला है तो नेक्स्ट इंकोवेटर भल्चर भी आपको दिखाने वाला हूँ मैं इंकोवेटर भल्चर कुछ इस तरह का होने वाला है देखिए ये आपका एक है ये वाला और ये दूसरा है दो ये तीसरा है देख लीजिए आपको इंकूप कुछ इस तरफ का होने वाला है ये भी बहुत मज़ेदार ओ लग रहा है तो भाई साहब इसको भी कौन कौन निकालेगा भाई कमेंट में बोल देना भाई कुछ नया मैं नया यूट्यूब मतलब नया से यूट्यूब करा और मतलब कुछ ऐसे ऐसे कर रहा हूँ इसलिए मेरा थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है तो भाई साहब प्लीज़ बुराओं नहीं मानने का और लाइक करने का ठीक है लाइक करने का और आप लोग लाइक करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से जल्दी ही लाऊंगा, जल्दी मतलब आज रात को एक नया वीडियो भी आने वाला है तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक कर दो यार और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और पास वाला नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सिलेक्ट करो क्योंकि आने वाला वीडियो तो बहुत मज़ेदार होगा ही और लेकिन आप लोग मेरे फैमिली का एक हिस्सा भी हो जाएगा ये तो बहुत मज़ेदार बात है और भाई साहब एक बात डिस्क्रिप्सन बॉक्स में लिंक है इंस्टाग्राम का और डिस्कॉट चैपर का इंस्टाग्राम में फॉलो ना करो तभी तो चलेगा लेकिन आप लोग डिस्कॉट चर्वर में आ जाओ हम लोग गेम खेलेंगे कस्टम करेंगे बहुत ही ओ सा कस्टम करेंगे और मज़ेदार गेम प्ले करेंगे तो सब लोग आ जाओ और एंजॉय करेंगे भाई तो आज का वीडियो तो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ और थोड़ा देर के बाद फिर मतलब शाम को एक नया वीडियो आने वाला है या तो सुबह सुबह मैं अपलोड किया हूँ शाम को एक नया वीडियो आने वाला है प्लीज़ जाके उस वीडियो को भी देख लेना भाई ठीक है ओके okay, बाय